राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को दिल्ली के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहा है आरएसएस प्रमुख ने डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजवीदुल कुरान का दौरा किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के इमाम हाउस पहुँचे और मस्जिद के बंद कमरे में चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ रहे किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में यह पहली मुलाकात थी इस मुलाकात के बाद डॉक्टर इलियासी ने कहा कि हमारा डीएनए एक ही है सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है आरएसएस प्रमुख ने हमारे बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताज़विदुल कुरान का दौरा किया था और वे बच्चों से भी मिले डॉक्टर इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र बताया है उन्होंने कहा यह बहुत अच्छी बात है इस मुलाकात के बारे में सभी को अच्छा ही सोचना चाहिए ये देश के लिए अच्छा पैगाम है इमाम हाउस में मोहन भागवत का आना हम सबके लिए सौभाग्य और खुशी की बात है मोहन भागवत हमारे राष्ट्र ऋषि हैं। वे इस देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता का हमारे पास आना खुशी की बात है मुझे लगता है कि यही मोहब्बत का पैगाम हमें सभी को देना चाहिए